जिंदा है ये दिल मेरा सांसों से तेरी सलम तेरे दिल में बसा है मेरा सारा हो पहला प्यार तू मेरा तू ही आखिरी आसम तेरी चाहत तुम तो